हेलो गाइज कैसे हो मेरा इस मंटू किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आ जाएंगे मार्केट की तरफ़ देखेंगे सब्ज़ी में क्या मिलावट होता है और क्या नहीं चलो भाई चलते हैं अभी जाएंगे मार्केट की तरफ हम देखेंगे अभी चलो मार्केट की तरफ हम आ गए ये देख लो अच्छा सब्जी बोल के क्यों कितना खा देखो ये वाला अच्छा सब्जियाँ बोलते हैं लोग नहीं ये गलत है देखो इसको देखो ये बंदे को कैसे ले रहा है ये बाल्टीन में लेके जा रहा है देखो ये अच्छा बोल रहे हैं लोग नहीं ये गलत है देख देखना अभी देखो ये स्प्रे पकड़ा है ये कलर का स्प्रे है ये कलर स्प्रे करके मार्केट में बेचा जाता है देख लो ये बंदे को कैसे स्प्रे कर रहा है देखो ये बाल्टी में देखो कलर कैसे मिक्स कर रहा है भाई देख सकते हो भाई लोग तुम्हारे लिए और एक वीडियो लाए हैं इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि जो शादी में हम जाते हैं खाना खाते हैं और आते हैं उसकी वीडियो लाए हैं मैं अभी देखेंगे देखो एक शादी में हम भी गए थे एक शादी में हम दिखाएंगे तुमको भाई अब हमें जाएंगे अभी शादी में अब देखेंगे शादी में हम देखते हैं अच्छा अच्छा खाना है अच्छा अच्छा पेट भी अच्छा बढ़ आप बोल के अभी देखते हैं देखो इस महाजन को देखो स्टॉल में क्या कर रहा है देखो देखो ऐसे ऐसे करके देखो ये देखो थूप दिया ये देखते तो ये थूप दिया है देखो कौन खाएगा ऐसा खाना बोलो तो देखो ये कैसा कर रहा है ये देखो इस शख्स को देखो कैसा थकरा है इसमें खाने में थुक रहा है